साला कंप्यूटर कम्प्यूटर चलाव चलाव तर तो दिमाग आउट हो जाता है बेटा लोग कहाँ पर कुछ बुझाते नहीं खे आ बुझाई तब के कमाई तब नु कमा है ना लोग का बुझाई लोग मलकिन से पूछा नहीं कि बेटवा लोग कहाँ पर सुन तु ऐह कहाँ बा ए, अच्छा जाना तरु एक बात सुन लु किटे बेटा के तहर बेटा के वाला बनाई बा को सुनते नहीं थे कहा बोल जाओ दूनू बेटा तक में अंगड़ित होकर रखते ले बाद। बाद बात नहीं के आजाई तू तो समझा दीह तार नु हम थोड़ा आवा बाथरूम बाथरूम घूम क्या आई ठीक ये पूरा हमको मन निकल लगा ऐ खुल के बारी, खुलल तो वाह चल जाओ थोड़ा खेना खाना। हे में सुतल होई, नी सब हेम तो ना, हो नी सब भावे, खोले, रे सुनते नहीं कि खोल बोल दो तो परेशान न करे यो जी कर जी जी परेशान परेशान कर हेलो, हम खोज़त -खोज़त हुए नहीं, तू कड़े समझ में ना आ हमारी पीछे पीछे करत रहे ए, ना ना तो तो कर दुलार के चक्कर में दोनों तू अगर सही रह चल ठीक बाखम जा तम जा तू बहुत बारो में रह म कर खोल खोल के बारी खोल ए घर में हम ना रहम सलादम बेजती हो जाता ए फोन आये रे कर फोन आए फोन नहीं के फोन हाँ हेलो ए कने बारी रे तू माई एकदम परेशान बा जल्दी ना आइवे तो बोल हम आओ नहीं, ठीक बा आओ नहीं, रुक रख नहीं, अतम नीचे गिर गए मोबाइल नीचे गिर हो ये उठावा हो अब ना छोड़म सलाह के अब तो मार लेना छोड़म हने गए हई घरों में इे मन बढ़ेल ए लिकल लिकल अब ना बख्शम हे लिकल अब मार लेना छोड़म ना हे तु तोहर चक्कर में हम मोबाइल गिर गए साली हँ तोहर चक्कर में गिर गिलो तू बहुत ओतकड़े चल चल हट हट हट न मारम तोर के हट साली तेकर तु तु चकरमे तो, तो, तो, चकर तो पूरा बिगड़ गेल बा ए रोक मत ए हट हट रोको न बोलत न प्रणाम करत रे तु चकरमे तो बिगड़ चकर तो गेल का पूरा अब ठीक बात हमरो मोबाइल फुटल ओकर का पार फोर हम जान जे के जवके चलते तो पूरा हम बर्बाद भ जई बा चल लोग अगर हमार मोबाइल फुट गेल फुटु गे के नै न ह स्पॉट में बात कि ना जाई काहे के कर